सिंगरौली में प्रशासन ने भूमाफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है एसडीएम ऋषि पवार ने बताया कि माफिया के कब्जे से करोड़ों की शासकीय जमीन खाली कराई गई है और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई अब जारी रहेगी प्रदेश सरकार द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन ने मोरवा क्षेत्र में भू माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की और करोड़ों रूपए की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गौरतलब है की बीते दिनों सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र सिंह ने मोरवा के चटका क्षेत्र का कर का लिया। अधिकारियों के निर्देश पर को बेदखली जमीन आरोप अतिक्रमण किया जा रहा था जिसका मूल्य करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार बताया जा रहा है जैसा कि द्वारा सभी जगहों पर माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसी दातव्य में आज मोरवा क्षेत्र में प्रशासन पुलिस जिसमें साथी एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक हम, हमारे थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी हमारे तहसीलदार दिवाकर सिंह पटवारी और नगर निगम की टीम ने आज पूर्व से चिन्हित और नियमानुसार कार्रवाई करने के उपरान्त उनको बेतली का आदेश दिया गया और बेतली के बाद आज कार्रवाई की गई जिसमें लगभग जीरो पॉइंट वन फोर वन सिक्स हेक्टेयर की जमीन आज अतिक्रमण से करवाई है और जिसकी लाग की बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ चौबीस लाख अस्सी है साथ ही इन पर कार्रवाई एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी जा जाएगी संगीत किस्हरियों से